हेलो गाइस गाइस वेलकम माय चैनल ऑफ आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कमेंट क्या होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो चलिए देखते हैं ए कमेंट इज ए पार्ट ऑफ कोडिंग फाइल डेट द प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू गाइस जो हमारा कमेंट होता है ये हमारे कोडिंग फाइल का पार्ट तो होता है लेकिन प्रोग्रामर ये नहीं चाहता कि ये हमारा एग्जीक्यूट हो गई इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हमारा कमेंट होता है ना हम इसको जो भी अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में कोडिंग करते हैं उसमें लिखते तो जरूर है लेकिन हम उसके आउटपुट नहीं देखते हैं तो गैज इसको देखिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस कमेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है गैज मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसी प्रोजेक्ट पर एक आप एक आप काम कर रहे हैं और एक आपका दोस्त काम कर रहा है तो गाई मान लीजिए कि आपने कुछ काम किया और कुछ काम किया और काम करने के बाद आप ये और आप चाहते हैं कि जब हमारा दोस्त उस प्रोजेक्ट पे काम करे तो हमारे द्वारा किए हुए कुछ कुछ ऐसे कामों में जिसमें वो कुछ चेंजेज ना करे तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसमें कमेंट लिख देंगे और जब ये आपका दोस्त उस पे काम करेगा तो उसको पड़ेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई इसको हमें चेंज नहीं करना है तो गाइज जो आप कमेंट लिखेंगे वो आपके सिर्फ कोड में ही होगा ना कि वो आपके आउटपुट पे दिखेगा गाइज या जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो गाइज हमें उसमें याद रखने के लिए उस हर एक फंक उसमें हम जो भी फंक्शन बनाते हैं क्लास बनाते हैं या जो भी हम उसमें पार्ट वाइज उसका पार्ट वाइज उसको हम मतलब अलग अलग पार्ट में बांटने तो हम उसका नाम लिख देते हैं ताकि हमें उसको अपडेट करने में उसको डिबक करने में या उसकी टेस्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा आसानी में होती है इसके लिए हम कमेंट का प्रयोग करते हैं अब गाइज चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट गाइज हमारे कमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट जो जो हमारा फर्स्ट होता है वो हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है और जो सेकंड होता है वो मल्टी लाइन कमेंट होता है तो, तो द्वारा डिनोट करते हैं देखिए गाइज है अब गाय चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं गाय जैसे कि हम स्मोकिंग ऑफ कोड अपने प्रोग्राम में लिखना चाहते है लेकिन हम नहीं चाहते कि ये आउटपुट में आए तो हम क्या करेंगे उस जो कोड जो भी हम लिखना चाहते हैं अपने कोड में उसके पहले हम हैज लगा देंगे हैज लगाने के बाद ये हमारे प्रोग्राम के में कभी नहीं आने वाला है। अब देखते हैं मल्टीलाइन कमेंटेड इट इज डिनोटेड बाई थर्ड ट्रिपल इन्वर्टेड कामा गाइज जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है ये ट्रिपल इन्वर्टेड कामा के द्वारा डिनोट किया जाता है गाइज ये स्टार्टिंग है और ये इसकी क्लोजिंग है गाइज जैसे हमारा मल्टीलाइन मान लीजिए कि हम यहाँ स्मोकिंग ऑफ कोड को मल्टीलाइन में लिखा तो गाइज हम यहाँ एक एक लाइन में हैज लगाएंगे तो वैसे बहुत टाइम लगेगा गाइज मान लीजिए कि हम कोई बड़े बड़ी स्टोरी या कंटेंट लिख रहे हो और हम नहीं चाहते कि वो हमारे आउटपुट में दिखे तो तो हम स्टोरी लिखेंगे तो हमें हर एक लाइन में जब हम स्टार्टिंग से दूसरे लाइन जैसे मैंने पहले लाइन में लगा के लिख दिया जब हम दूसरे लाइन में आए तो फिर हमें दोबारा से हैज लगा के लिखना पड़ेगा ताकि वो हमारे आउटपुट में ना दिखे तो मल्टी लाइन में हमें लिखने के लिए बार बार हैज ना लगाना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं ट्रिपल इनोवर्टेड काम का प्रयोग करते हैं गाय जब भी हम अपने कंटेंट को लिखेंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में ट्रिपल इन्वर्टेड कामा लगा देंगे और जहां भी हमारा वो कंटेंट का एंड होगा हमारे प्रोग्राम में हम वहां पे उस फिर से दोबारा हम उसे ट्रिपल इनवर्टेड कामा से क्लोज कर देंगे तो गाइज ही हमारा होता है मल्टीलाइन कमेंट अब चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो गाइज प्रेक्टिकल के लिए हम मैंने अपने रेपलेट ओपन कर लिया है तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है गाइज जैसे मैंने सबसे पहले ये मेरा पुराना प्रोग्राम है हम इसको डिलीट कर लेते हैं गैज हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा दो नंबर को ऐड करने का तो चलिए मैं सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें हम दो नंबर को ऐड करेंगे तो गैज मैंने बोला कि अगर हमें किसी भी चीज का आउटपुट देखना हो तो हम सबसे पहले वहाँ प्रिंट फंक्शन को लिखते हैं तो हम हम हम क्या करते हैं कि हम एक दो नंबर को एड करने का प्रोग्राम बना लेते हैं गाइज मैंने एक दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिख लिया है तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं जिस तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा हम इसका आउटपुट हमें चार मिल गया अब गाइज हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये है वो दो नंबर का प्रोग्राम है बट मैं सिर्फ यही मैं यही चाहता हूँ कि जो हम ये बताऊँ वो सिर्फ हमारे कोड में दिखे ना कि हमारे आउटपुट में दिखे तो गाइज हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अगर हम ये चाहते हैं कि यह जो भी हम बताएं वो, वो हमारा सिर्फ कोड में दिखे ना कि हमें आउटपुट में दिखे तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर लेंगे अगर वो हमारे सिंगल लाइन कमेंट है तो अगर वो हमारे मतलब जो भी हम लिखना चाहते हैं अगर वो हमारे सिंगल लाइन में आ जाए तो हम उसके लिए सिंगल लाइन कमेंट का प्रयोग कर सकते हैं तो हम इसको हैज लिखेंगे और हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा है दो नंबर को एड करने का प्रोग्राम है तो हम लिख लेंगे पी जी आर ए एम प्रोग्राम फॉर गाई देखिए जैसे मैंने लिख दिया प्रोग्राम फॉर टू एड Add number. मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये ये ये चाहता कि हमारे हमारे हमारे कोड कोड में में में तो तो तो दिखे बट ये हमारे में दिखे ना हम इस, हम हम इसलिए इसके आगे लगा दिए अब ये हम, हमारे में तो दिखेगा लेकिन जब हम रन कराएंगे तो ये हमारे आउटपुट में नहीं दिखेगा और हमारा प्रो, प्रोग्राम भी सही से और सक्सेसफुली रन हो जाएगा चलिए हम इसको एक बार चेक करते हैं गाइज देखिए हमारे यहाँ प्रोग्राम भी सक्सेसफुल रन हो चुका है और मेरा ये जो फर्स्ट लाइन में मैंने जो भी कोड लिखा सिंगल लाइन कमेंट अब गाइज हम माल, मैं मान लीजिए कि मैं कुछ यहाँ लिखना चाहता हूँ जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ये आई एन जी स्मोकिंग फिर ऑफ फिर सीओ टी स्मोकिंग ऑफ स्मोकिंग ऑफ सी ओ डी अब गाइज मैं इसको मल्टी लाइन में चेंज कर लेते हैं मैंने इसको मल्टी लाइन में चेंज कर दिया अब मैं मैं ये भी मैं फिर चाहता हूँ कि जो मैंने ये मल्टीपल लाइन में स्मोकिंग ऑफ लिखा है ये भी हमारे आउटपुट में ना दिखे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम या अगर मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट के जैसे लिखू तो हमें सबके आगे यहाँ पे हैज लगाना पड़ेगा गाय जैसे कि हमें यहाँ सबके आगे हैज लगाना पड़ेगा तो गई यहाँ मतलब मान लीजिए कि अगर हम बड़ा प्रोग्राम बड़े मतलब बड़ा कंटेंट लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारे प्रोग्राम में दिखे ना कि उसके आउटपुट पे तो हम क्या हम हमें यहाँ सबके आगे हैज लगाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है तो हम क्या करेंगे इसके लिए मल्टीलाइन कमेंट का यूज करेंगे तो चलिए देखते हैं मल्टीलाइन कमेंट का यूज कैसे करेंगे तो गाइज हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में ट्रिपल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे गाय जी यहाँ मैंने ट्रिपल इन्वर्टेड कामा लगा दिया अब हम इसको क्या करेंगे लास्ट में फिर से ट्रिपल इन्वर्टेड काम से क्लोज करेंगे जहाँ हमारा कंटेंट खत्म होगा जैसे देखिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लगा दिया ट्रिपल इन्वर्टेड कामा और ये हमने इसके लास्ट में इसको ट्रिपल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिया अब गाय ये सेम वैसे ही काम करेगा जैसे कि मेरा यहाँ पे हमने सिंगल लाइन कमेंट को लिखा तो ये काम किया चलिए हम देखते हैं ये ये रन रन कराने पे हमारा यहां सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी मैंने लिखा है वो ही होगा ना कि ये दोनों रन होंगे ये सिर्फ हमारे प्रोग्राम में ही दिख सकते हैं ये हमारे आउटपुट में नहीं दिखेंगे गायज देखिए यहां मैंने सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट लिखा था जो भी जो जो ये हमारे आउटपुट में नहीं दिखा, उसके बाद से मैंने एक, एक तो गायज ये जिस जो भी हमने कंटेंट लिखा है इसको मैंने ट्रिपल इन्वर्टेड कामा के अंदर डाल दिया और हम जानते हैं कि जो हमारा मल्टीलाइन कमेंट होता है उसको हम ट्रिपल इन्वर्टेड कामा से डिनोट करते हैं तो गायज इसलिए मेरा ये भी आउटपुट में नहीं आया क्योंकि हम मल्टीलाइन कमेंट को भी हम सिर्फ प्रोग्राम में ही देख सकते हैं ना कि उसके आउटपुट में गाइज तो ये में हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है तो गैस चलिए देखते हैं टू इन सर्ट कैरेक्टर डेट कैन नॉट बी डायरेक्टली स्ट्री वी यूज एन स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जैसे लाइक स्लैश एन और स्लैश टी गईज मैंने यहां दो ही स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लिखा है लिखा है लेकिन अगर आपको और सारे स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में जानना है तो आप गूगल पे जाके और वहां पे आप स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लिस्ट लिख कर सर्च कर सकते हैं और सर्च करके आप एक एक का प्रैक्टिकल देख सकते हैं वैसे गईज हमने मैं आपको यहाँ दो समझा दूँगा ये आपके लिए काफ़ी होंगे और आप वहाँ से जाके गूगल पे सर्च करके एक एक सीक्वेंस को प्रैक्टिकल करके स्... मतलब आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं अब हम जानते हैं कि स्केप सीक्वेंस करेक्टर होता क्या है तो गाइज जो हम पाइथन के अंदर कोड लिखते हैं तो उसी के अंदर हम अपने स्केप सीक्वेंस करेक्टर का प्रयोग करते हैं तो गाइज कुछ ऐसे हमारे कैरेक्टर होते हैं जिसको हम अपने स्ट्रिंग के अंडर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं तो गाइस उसके लिए हम स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करते हैं गाइस स्ट्रिंग को अभी हम स्ट्रिंग का एक बहुत ही मतलब स्ट्रिंग का एक चैप्टर ही हम पढ़ेंगे तो गाइस स्ट्रिंग के बारे में आप अच्छे से उसमें समझ जाएंगे अभी आप सिर्फ यहाँ स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग ही समझिए मतलब की ये एक चीज होता है बस इतना समझिए स्ट्रिंग का मतलब तो ये स्ट्रिंग होता है जिसके अंदर हम कुछ ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं मतलब हम, तो हम, हम, हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम फटाफट अपने रेपलेट को फिर से दोबारा ओपन कर लेते हैं तो गाइज हम अपने स्केप सिक्वेंस करेक्टर को न, समझने के लिए हम सबसे पहले अपने प्रिंट फंक्शन को लिख के उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट को लिख लेते हैं गैज मैंने अपने यहाँ प्रिंट फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट हेलो गाइज वेलकम टू स्मोकिंग ऑफ कोड लिख लिया गैज हम इसको रन करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट कैसा आता है गैज मैंने इसको यहां रन कर लिया और इसका आउटपुट हमारा यहां आ चुका है तो गैज हमने यहां जो स्टेटमेंट लिखा ये एक सिंपल स्टेटमेंट है इसमें मैंने किसी कोई भी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का प्रयोग नहीं किया है तो गाइज देखिए हमें हम हमने इसको जैसा लिखा हमें यहाँ सिंपल सा उसका आउटपुट मिल गया लेकिन गाइज हम अब इसमें स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करेंगे तो गाइज अगर हम चाहते हैं कि यहाँ हेलो गाइज वेलकम टू के बाद जो हमारा यहाँ स्मोकिंग ऑफ कोड है ये हमारे इसके नीचे वाले लाइन में है तो गाइज हम आप सोच रहे होंगे कि हम यहां से कर देंगे और इंटरप्रेस करने के बाद हम इसको रन कर देंगे तो मतलब तब ये हमारा, ये हमारा प्रोग्राम टोटली गलत हो जाएगा देखिए गाइज ये हमारा ये प्रोग्राम टोटली गलत हो चुका है तो गाइज हमें ये हमारा गलत न हो एरर ना आए तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसके लिए करेंगे स्केप सिक्वेंस कैरेक्टर का प्रयोग तो गाइज हम इसको एक ही लाइन में रहने देते हैं और हम जैसे मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि जो हमारे ये Hello guys, welcome to, ये हमारे first line में हो हो में और smoking code, second line में हो तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसके आगे एन लिख देंगे गाइज स्लैश एन हम न्यू लाइन के लिए प्रयोग करते हैं तो गाइज हम जिसको सेकेंड लाइन में न्यू लाइन में देखना चाहते हैं हम उसके आगे हम स्लैस एन का प्रयोग करते हैं तो गाइज हम स्मोकिंग ऑफ कोड को हम नीचे नीचे की लाइन में देखना चाहते हैं तो गाइज हम स्मोकिंग के पहले स्लेशन लगा दिया और स्लेशन के बाद जितने भी हमारे कैरेक्टर होंगे स्ट्रिंग होंगे ये सारे हमारे न्यू लाइन में अब मिलेंगे तो गाइज हम चलिए इसको रन करके देखते हैं तो मैंने इसको रन कर लिया है और देखिए गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया इसका आउटपुट हमें वैसा ही बिल्कुल मिल चुका है गाइज यहाँ हेलो गाइज वेलकम टू हमारे यहाँ एक लाइन में मिला और स्मोकिंग आपको दूसरे लाइन में मिला तो गाइज अब हमने अपने एग्जांपल में एक स्लैश टी भी लिखा है तो गाइज स्लैश टीब का प्रयोग हमारे टैप के लिए होता है मतलब कि हमको एक बार अपने की से टैप बटन को दबाने से जितना स्पेस मिलता है हम अपने स्ट्रिंग में अगर हम इसने स्केप सिक्वेंस करेक्टर स्लैश टी का प्रयोग करें तो हमें एक बार में उतना स्पेस मिलेगा जैसे मतलब गाइज हेलो और गाइज के बीच में हमें इतना कम थोड़ा सा स्पेस मिला है तो अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा हमें और अधिक स्पेस मिले तो हम क्या करेंगे हेलो और गाइज के बीच में हम स्लैश टी लिख देंगे गाइज हमें जिसके बीच में भी एक टाइप के इतना स्पेस चाहिए हम वहां पे स्लैश टी लिख देंगे अब हम इसको रन करेंगे तो गाइज देखिए हमारा हेलो और गाइज के बीच में थोड़ा अधिक सा स्पेस आ गया तो गाइज आज ये हमारा अगर गाइज आपको यहाँ इस, आप इसका एफ का नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके पी डी एफ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू